तो हेलो एवरीबॉडी कैसे हैं आप सब आई हो पक्षे होंगे मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हो यह है अर्थला मेट्रो स्टेशन रेड लाइन का दोस्तों ये अर्थला का मेट्रो स्टेशन है रेड लाइन का दोस्तों देख सकते हो तस्वीर है और ये चली जाती है दिलसाद गार्डन होते हुए सीधे आपका तीस हजार ही होते हुए ये सीधा आगे जाके निकलेगा और ये आ जाती है एलिवेटेड ये देख सकते हैं ये सिक्स लेन का दस किलोमीटर का एलिवेटेड एक्सप्रेस है दोस्तों और ये आ जाती है हिंडन रिवर ये गाजियाबाद की जो हिंडन रिवर है वो है ये दोस्तों और आगे इससे आगे आगे आ, इस पर हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन आएगा अभी रेड लाइन का आगे दिखाते हैं आप लोगों को तो ये जा रही है रेड लाइन की मेट्रो और ये अभी बनाया है जल्दी में ही ये देख सकते हो फुट ओवर ब्रिज पहले नहीं था ये क्योंकि अभी शमशान घाट है यहाँ पे और ये आ जाता है रेड लाइन का मेट्रो स्टेशन हिंडन ये हिंडन का मेट्रो स्टेशन है दोस्तों रेड लाइन का देखो वो रखा है इंडर रिवर मेट्रो स्टेशन रेड लाइन और जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे आगे तो वैसे ही आप लोगों को डेली मेरठ आरआरटीएस का स्टेशन देखने देखने के लिए मिलेगा दोस्तों गाजियाबाद का दोस्तो, आपको दिखाते हैं चरखे के गाजियाबाद के स्टेशन पे जो डेली मेरा ट्री टी एस कॉरीडोर बनाया जा रहा है रैपिड रेल का स्टेशन देख सकते हो कितना लंबा चौड़ा है और इस पर रूफ टॉप का जो काम था वो कर लिया जा चुका है अब साइडों के जो डिजाइन बनाने का काम है वो किया जाएगा और जो कौन कौच लेवल है उस पर अभी काम चल रहा है इस पर भी लगाए जाने हैं लिफ्ट भी लगाई जानी है दोस्तों ये देख सकते हो कुछ ऐसा है और ये रेड लाइन को ये पहला तो रेड लाइन को क्रॉस कर रहा दूसरा एक फ्लाई ओवर को क्रॉस कर रही है ये डेहली मेरा ट्री टी एस दोस्तों देखो यहाँ पर ये फुट ये इन्होंने ये पिलर बना लिए हैं, ये देख सकते हो रेड लाइन के वो सॉरी रैपिड रेल के देखो ये पिलर बनाए जा रहे हैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट के ये देख सकते हो और वो फूट प्लाजा बनाया जा रहा है उधर साइड में एंट्री और एग्जिट पॉइंट पांच बनाए जा रहे हैं पांच एंट्री और एग्जिट पॉइंट होने वाले हैं गाजियाबाद के स्टेशन पर। आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो स्टेशन है दोस्तों रैपिड रेल का वो सबसे बड़ा गाजियाबाद के अंदर है जो काफी ऊंचाई पर है इसकी काफी हाइट है क्योंकि ये भविष्य में ये हापड़ के लिए और आपका ये जाएगा बुलंदशहर यानी की खुर्जा भविष्य में इसमें चलाई जा रही है अभी तो मंजूरी कुछ नहीं मिली है तो से दो का, अभी दो से कनेक्ट की एक तो खुर्जा वाली की जाएगी दोस्ती दूसरी हापुड़ के लिए की जाएगी दोस्तों कुछ ऐसा स्टेशन बनाया जा रहा है देख सकते हो और आगे आप लोगों को दिखाते है चल के ये सामने देख पा रहे हैं दोस्तों ये लाइन सीधी आपको बता दूं कि ये आ रही है दोहाई डिपो से दोस्तों दोहाई डिपो के लिए चली जाती है तो सारा काम यहां पर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और इस पर अब ट्रायल किया जा रहा है रैपिड रेल का जो कि वन सिक्सटी किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती अभी ट्रायल किया जा रहा है तो इस पर सारे में ओवरहेड वायरिंग का काम कर देने के बाद में दोस्तों अब इस पर चल रही है बिल्कुल काम कंप्लीट हो चुका है जो काम बचा है जो वर्क बचा है वो सिर्फ स्टेशन का ही बचा हुआ है दोस्तों और इधर भी एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है वो सामने उस साइड में देख सकते हो वो वहाँ पर बनाया जा रहा है और तीसरा ये यहाँ पर बनाया जा रहा है यहाँ सामने तो तो सूरज पड़ रहा है तो आप ज़्यादा चमकेगा नहीं दोस्तों देख सकते हो कुछ ऐसा बनाया जा रहा है यहाँ का ये ये बनाया जा रहा है एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट इस जगह पे और यहाँ पर ये बर्क चल रहा है ये देख सकते हो यहाँ पर एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट बनाया जा रहा है इस जगह पे तो चलते हैं आगे और दिखाते चल के आगे का इस साइड में ठीक है आगे का भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा देखो कुछ ऐसा बनाया जा रहा है ये गाजियाबाद का आर का स्टेशन दोस्तों देख सकते हो ये चमक रहा है ना आप सभी को ये देखो ये ऐसा वर्क चल रहा है इस पर अभी तो अभी टाइम लगेगा इसमें क्योंकि मार्च में इन्हें आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा दोस्तों और ये न्यू गाज़ियाबाद का मेट्रो स्टेशन है रेड लाइन का दोस्तों ये सामने वाला देख सकते हो ये सामने चमक रहा है दोस्तों सईद स्थल मेट्रो स्टेशन रेड लाइन न्यू बचड्डा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया देख सकते हो ये सामने ये रेड लाइन का मेट्रो स्टेशन है और जैसे ही हम घूम जाएंगे वैसे ही आप लोगों को दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर की लाइन देखने के लिए मिलेगी दोस्तों तो इस्टेसन इस से कनेक्ट किया जाएगा दोनों को कि जो मेरठ से आने वाले हैं और दिलसाद गार्डन जाने जाने वाले हैं वो यहीं पर उतरेंगे फिर ये रेड लाइन को ले लेंगे दोस्तों तो अभी आपको बता दूं जो साइड का डिजाइन बनाने का काम चल रहा है तस्वीर आप लोग देख सकते हो तो आप लोग ऐसे ही वीडियोस एंजॉय कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा के पी के ये वर्क चल रहा है यहाँ पर तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा आपको बता दूँगा जो स्टेयर हैं उन पर पत्थर लगाने का काम चल रहा है मतलब सारे फ्लोरों पर ही इस पर पत्थर लगाए जा रहा है और इधर ये फूड प्लाजा बनाया है जो आम पब्लिक आएगी जाएगी उसके लिए यहां पर ये फूड प्लाजा है जो बनाया जा रहा है इस साइड में ये वाला और उधर स्टेशन का पार्ट होने वाला है तो यही वर्क चल रहा है ठीक है दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर यह है कुछ ऐसा गाजियाबाद आर का स्टेशन अब इस पे जो क्रेन मशीन लगी हुई थी उसको ये तोड़ा जा रहा है वो जैसे भी मशीन तोड़ रही है और देखो यहाँ पर लगी हुई है कुछ इस तरीके से यहाँ पर फ्लोरिंग का काम ये कंक्रीट डाला जा रहा है इस साइड में भी देख सकते हो यहाँ पर यह एंट्री एग्ज़िट पॉइंट बनाने का काम चल रहा है दोस्तों कुछ ऐसा बनाया जा रहा है ये एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट तो देखो ये फ्लोरिंग का काम कर लिया जा चुका है और यहाँ पर यह एंट्री और एग्जिट पॉइंट के लिए ये पिलर भी बना दिए इन्होंने जिस पर अब पी कैप का काम किया जाएगा दोस्तों तो कुछ ऐसा है और टीम देखो ये यहाँ पर वर्क कर रही है एन सी आर टी की ये देख सकते हो ये टीम वर्क कर रही है यहाँ पे ठीक है दोस्तों तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो कमेंट करें और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन होता है प्रेस कर देना तुरंत बेल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो के संत के चैनल पर दोस्तों तो कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ का देख सकते हो ये ठीक है आप लोग बताना आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत गाय